फैमिली मेरा घर तैयार हो चुका है देखते हैं क्या है यहाँ पर ऊपर रूम यहाँ पर एक और रूम और हैं ये रूम भी ऊपर और रूम यहाँ पर एक रूम और ऊपर है यहाँ पर एक और है यहाँ पर एक और है यहाँ पर, पर छत छत है यहाँ पर यहाँ से मैं छलांग लगा देता हूँ यहाँ पर मेरा है रूम इतना घर है